रो पड़ता हूँ अकेला जब तुम साथ नहीं होती और क्या बताओ मैं अपनी दिल की हालत और क्या बताऊँ मैं अपनी दिल की हालत जब तुमसे बात नहीं होती